मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रीगणों से चर्चा की उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को फिर नई सौगात देंगे धनतेरस के दिन प्रदेश के साढ़े चार लाख लोगों को नया घर मिलेगा पीएम मोदी 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सतना जिले के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रीगणों से चर्चा करते हुए कहा कि पीएम मोदी प्रदेश के साढ़े चार लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का विगत एक माह के अंदर यह तीसरा बड़ा कार्यक्रम होगा इसके पूर्व पीएम मोदी 11 अक्टूबर को भव्य और दिव्य श्री महाकाल लोक का लोका लोकार्पण करने उज्जैन पहुंचे थे सत्रह सितम्बर को पीएम मोदी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आठ चीतों की सौगात देने मध्य प्रदेश आए थे इसी दिन पीएम मोदी ने श्योपुर जिले में स्व समूह की बहनों से संवाद किया था साढ़े चार लाख हमारे गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना आवास मिलना है उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम होना है और बाईस तारीख को प्रधानमंत्री जी स्वयं बढ़तरी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से तो हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम ग्रह प्रवेशन के पहले भी किए हैं अपने अपने प्रभाव के जिले में ये गृह प्रवेशन का कार्यक्रम गाँव गाँव में जिसका घर है उसके घर